साइबर क्राइम पर नकेल कसें यहाँ प्रदेश में घायल और दोबारा की अच्छी कामयाबी को लेकर के इस हेल्पलाइन नंबर पर साइबर अपराधों की शिकायतों को भी दर्ज करवाने के लिए पुलिस और सरकार सुविधा देने जा रही है शुक्रवार को टोहाना में आयोजित अंत्योदय मेले में भाग लेने पहुंचे हरियाणा के एडीजीपी डी सिंह ने यहाँ जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि आज मोबाइल पर पेमेंट कैपेसिटी बढ़ चुकी है मोबाइल और ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए पैसे का लेन देन भी जड़ चुका है ठगी के लिए लोग हैक करके ओ नंबर की पूछताछ करते हैं और मोबाइल पर कुछ डाउनलोड करवा करके अकाउंट तक पहुंच बना लेते हैं जिससे पैसे को निकालना आसान हो जाता है इस तरह के साइबर अपराध आज पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आए हैं इसलिए अब एक पर लोग अपराध की शिकायतें डाइल कर सकेंगे और बता सकेंगे इसकी व्यवस्था भी बनाई जा रही है इसी के तहत डायल एक के जरिए इस तरह के साइबर अपराध की शिकायतें मिलते ही तुरंत डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफ़र हो जाए और आधे घंटे में गोल्डन टाइम में ही पुलिस और बैंक तक पहुंच बन जाए ऐसा और पैसा ठगा जा रहा है और पुलिस अपराधी को पैसा ट्रांसफ़र ना हो पाए लोगों को डायल एक पर जल्द से इस सुविधा की दिशा में काम किया जा रहा है और लोगों को इसका फ़ायदा लेना चाहिए इसके अलावा क्राइम का ग्राफ भी कम करने के लिए 400 से ज्यादा हार्डकोर क्रिमिनल पुलिस ने पिछले 11 महीनों में पकड़े हैं और नशे से पैसे जोड़ने वाले ड्रग तस्करों की संपत्ति भी सीज करने की कार्रवाई में आगे काम बढ़कर किया जा रहा है पलवल पल, पल से राजेश खास रिपोर्ट क्राइम का अभी तो मौका इस मेले का था बट क्राइम का क्या है कि जैसे जो जो ऑफेंडर्स जिन्होंने ठगी और बदमाशी को धंधा बना रखा है तो उनकी पहचान करके उनके खिलाफ लगातार लगे रहना और उनकी ऑपरेशनल डिफिकल्टी बढ़ाए रखना, यही एक तरीका इसी तरीके में लग रहे अगर आप पिछले 11 महीने के आंकड़े आप देखें, तो करीब 400 से ऊपर भी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हरियाणा पकड़े गए है तीन से ऊपर के करीब जो प्रोकलम्ड ऑफेंडर वो पकड़े गए आ, लोगों को काफी लाभ दिया जी जी तो इसके अलावा और अन्य क्या क्या कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं देखिए 112 में जो एक साइबर क्राइम एक बड़ी समस्या आज की डेट में है तो आप देखें कि मोबाइल फोन में आपका पेमेंट की कैपेसिटी भी आ गई है आपका अकाउंट भी उससे जुड़ गया है नेटवर्क से तो इसको एक्सेस करके जैसे आपसे ओ ले लिया या आपसे कुछ डाउनलोड करवा लिया तो लोग आपके अकाउंट तक पहुँच जाते हैं वहाँ से पैसे निकाल लेते हैं तो हम इस प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं कि इसकी सूचना 112 पर लोग दे सकें और वहाँ से हर थाने में साइबर डेस्क क्वालिटी बना दिया गया है तो जो गोल्डन आवर का कंसेप्ट है कि जैसे ही किसी ने आपके पैसे पर हाथ डाला तो आधे घंटे के अंदर जो है वो पुलिस तक मामला पहुँचे और बैंक को कह दिया जाए कि ये ठगी का मसला है ये पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो तो एक 112 का इस्तेमाल करके हम ये कोशिश करने वाले हैं आने वाले दिनों में कि साइबर क्राइम के जो विक्टम हैं वो अपने साथ हुए ठगी की सूचना फॉरन दें 112 के ऊपर और उसके 112 से वो साइबर डेस्क की तरफ जाएगा और जो पैसे जो उसके ठगे गए हैं तो वो अपराधी तक नहीं पहुंचे उसको रोकने के लिए बैंक से टाई अप करेंगे तो ये एक बड़ी बड़े अभियान पर हम काम कर रहे हैं देखिए हर साल जो नशे के कारोबारियों में आ, करीब मैं देख लें कि 2200 से लेकर 3000 मुकदमे दर्ज होते हैं और ये 150 से 200 मुकदमे पूरे हरियाणा में हर साल दर्ज होते हैं और हर जो इलाका एन का जैसे इलाका है फरीदाबाद और फतेहाबाद और सिरसा का इलाका है तो अलग अलग तरह के जो है ड्रग्स यहां पर प्रचलित हैं तो अभी जो हमारी मंशा है कि जिन लोगों ने काफ़ी पैसे कमा रखे हैं ड्रग प्रोसीड से तो एन डी पी एस एक्ट के तहत सिक्सटी एट एफ एक्समें सेक्शन है तो उनकी जो ड्रग्स की कमाई है उसको हम सीज़ करें तो इस इसमें देखेंगे फतेहाबाद में भी इस तरह का सीज़र हुआ है और कुरुक्ष्रा में हुआ है तो जो हर ज़िले में 10 बड़े बड़े स्मगलर हैं जिन्होंने नशे का कारोबार करके पैसा कमाया है तो हमारी कोशिश है कि उस काली कमाई को हम जबत करें जिससे लोगों में यह मैसेज जाए कि आप इस धंधे में फलफूल नहीं सकते